बहुत समय पहले यूनान में अशोक नाम का एक राजा रहता था वह अत्यंत धनी था और उसके पास वह सारा सोना था जिसकी उसे कभी आवश्यकता हो सकती थी उनकी एक बेटी भी थी जिससे वह बहुत प्यार करते थे एक दिन अशोक ने एक देवदूत को देखा जो कि कहीं पर फंस गया था और मुसीबत में था अशोक ने देवदूत की मदद की और बदले में उसकी इच्छा पूरी करने के लिए कहा देवदूत इस बात पर सहमत हो गया। उसने अशोक की मनोकामना भी पूरी कर दी। असल में अशोक चाहता था कि वह जो कुछ भी छुए वह सोने में बदल जाए उसकी यह इच्छा को देवदूत ने पूरी कर दी थी इससे अशोक मन ही मन काफी खुश था बेहद उत्साहित अशोक जब अपनी पत्नी और बेटी के पास लौट रहा था तब वो रास्ते में स्थित कनकर चट्टानों और पौधों को छूते हुए गया जो सोने में बदल गया इसे देखकर अशोक को पूरा यकीन हो गया था कि उसके छूने मात्र से ही चीजें सोने में बदल जाती हैं। जब वो घर पहुंचा तब उसकी बेटी दौड़ उसके पास चली आई वहीं जैसे ही उसकी बेटी ने उसे गले लगाया वह एक सोने की मूर्ति में बदल गई। ऐसा होते ही अशोक को अपने भूल का एहसास हो गया अपना सबक सीखने के बाद अशोक ने देवदूत से उस मंत्र को उलटने की भीख मांगी जिसने ये दिया वो चाहता था कि सब कुछ अपनी मूल स्थिति में वापस चला जाए उसे ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहिए जो कि उसे अपने परिवार से दूर रखे लेकिन अब जो हो गया था उसे बदल नहीं जा सकता था सीख इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपके पास जो कुछ है उसके लिए संतुष्ट और आभारी रहें। लालच आपको कहीं नहीं ले जाएगा बल्कि मुसीबत में ही धकेलेगा